लोग आज के दिन में बिजनेस स्टार्ट करना करना चाहते चाहते चाहते हैं, हैं, हैं। खुद का अपना एक स्टार्टअप शुरू या फाउंडर बनना चाहते तो आज के जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है What is entrepreneurship? तो मेरा आपका चैनल आपके सोचने का तरीका कैसा I can learn anything I want. वॉन्ट जब भी आप अपना स्कूलिंग स्टार्ट करते हो यू स्टार्ट फ्रॉम ए बी सी डी तब वो आपके लिए पूरा एक नया कॉन्सेप्ट होता है तब आपको ये तो नहीं लगता कि ये मेरे फील्ड में नहीं है या फिर ये मैंने नीच में बिलोंग नहीं करता तो मैं इसे नहीं करूँगा मुझसे नहीं होगा ऐसा तो नहीं लगता learn and move forward। फॉरवर्ड तो यही प्रिंसिपल यही माइंड सेट आपको अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना हो Failure is an opportunity to grow. Take it in a positive note. Feedbacks are constructive. आप अगर कोई भी काम कर रहे हो चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या फिर आपको कोई product या service है तो आपके audience, clients या फिर consumers आपको feedback देते हैं तो आपको उसे इंसल्टिंग वे में नहीं देना चाहिए आपको उसे अपने काम में फील करना चाहिए आपको उसे उसे करना करना चाहिए चाहिए। चाहे वो आपके प्रोडक्ट्स में में में में हो हो हो सर्विस या खुद के के पर्सनालिटी एंड फॉरवर्ड मैं आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बारे बात कर रहा आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए इंस्पिरेशन लेता सीखता हूँ वॉट फॉर समथिंग बिगर आपके लाइफ का जो भी पर्पस, ऑब्जेक्टिव या फिर एम है दैट शुड शुड बी बी डिफरेंट। वो कुछ और होना चाहिए। एंड मनी बात किया माइंड सेट के ऊपर आपके सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए बट उसे आप लाइफ में, में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो है जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऑनट्रप्रेनरशिप एक लाइफस्टाइल है एंड इस लाइफस्टाइल का एक बेसिक लाइफ स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए आपको आप जब भी किसी प्रॉब्लम को फेस करें आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना है एंड उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है चाहे वो किसी भी मीन्स के थ्रू आप एडवाइस ले सकते हैं अपने से, अपने सीनियर से, आप गूगल कर सकते हैं यूट्यूब कर सकते हैं, कोई भी सोर्स हो, आपको उसका सोलूशन कहीं से भी निकालना होगा कोई भी और, आप और तो आपके पास एक सिलेबस है जिसे आप कम्प्लीट करोगे आपको डिग्री मिल जाएगी ना क्वालिफाइड बन जाओगे तो पर पे ऐसा नहीं होता। आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना होगा आपको अपने अंदर स्किल्स ऐड करते जाना है जैसे की मैंने पहले ही बताया था की अगर मैं ये रूल्स फॉलो करूँ या फिर ये प्रिंसिपल फॉलो करूँ तो मैं ऑन्ट्रप्रेनर बन जाऊंगा या फिर मुझे ऑनट्रप्रेनरशिप की डिग्री मिल जाएगी और मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा जब भी आप कोई सक्सेसफुल ऑंट्रप्रिन की स्टोरी पढ़ेंगे या फिर आप कोई बायोपिक या कुछ ऐसा कुछ आप जानेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कोई फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं किया इट्स ऑल अबाउट दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको अगर अपने ज़िंदगी में लाइफ लॉन्ग ग्रोथ चाहिए तो ऐसे कुछ हैबिट्स है जिसे आपको अपने लाइफस्टाइल में कम्प्लीटली इंक्लूड करना होगा जैसे कि रीडिंग बुक्स फॉलोइंग रूटीन वर्किंग आउट एंड मेडिटेटिंग Tracking your progress. आपने अपने दिन में जो भी काम किया जितने भी time आपने काम किया आपको उसे track करना है कि आपने उसे कितने productive way में utilize किया Plan your next day beforehand and start networking with people whenever possible. एवर पॉसिबल ये आपके लिए बहुत सारे ऑपरचुनिटीज ओपन करने वाले हैं तो ये था हमारे तरफ से ऑनटरप्रीनरशिप के बारे में एक छोटा सा समझ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा फास्ट है तो अगर आपको ऑनटरप्रेनरशिप या बिजनेस के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड तो कैसा रहेगा अगर, रहे अगर आपको उनसे लाइव मिलने का मौका मिले तो यह था हमारा सरप्राइज एवरीथिंग इंडिया का मोस्ट एफोर्डेबल एंड रिजल्ट ओरियंटेड प्रोग्राम ऑंट्रप्रनरशिप के बारे में तो हम जान लेते कि इस प्रोग्राम प्रोग्राम में एक्चुअली होता क्या है। है एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आप, आप अपने से कैसे बड़ा करते हैं इकोसिस्टम को समझ के आपकी मार्केट को इवेल्यूएट कैसे करना उसके बारे में डिटेल में पेड कोर्स ने बताया मार्केट की प्रीमियम कैसे लाए कैसे बड़े बिजनेस में, में कैसे के जाएं। पैसा नहीं है ना आपके पास लेकिन कस्टमर को लॉयल बना दे तो एडवर्टीजमेंट में पैसा नहीं लगेगा आपका कैसे आप अपना hook, या समझते हैं कॉल टू एक्शन और जिंगल पहले करें, फिर विश्वास करें मोदी सरकार ये पेट प्रोग्राम है मैं जानता हूं आपको अगर आप देखिए स्टूडेंट इंडियन सेलिब्रिटीश संजीव कपूर को लिया हमने मॉर्गन स्टैंड लेके दैनिक भास्कर के शाउमी के लाल पातलाब के एच डी एफ सी लिमिटेड के ओयो रूम्स के गोडाडी के एपीएल अपोलो के फोर्ड मोटर्स के फोर्ड मोटर्स के अल्फ्रेड फोर्ड उनको लेडल स्टॉक बॉलीवुड के, से, के, के सेलिब्रिटीज को लिया आर एस सोडिया मूल के चेयरमैन को लिया लिनोवो के चेयरमैन को पतांजलि के स्पाइस ग्रुप के सबको लिया ताकि आप आकर के जमीन पर सिखाएं और कैसे आपने इस बिजनेस को बड़ा किया फिर भी दो साल के बाद अब इसका फेयरवेल होने वाला है पंद्रह अगस्त दोपहर बारह बजे पंद्रह अगस्त भर बार बारह बजे के समाप्त नहीं संपूर्ण होने जा रहा है यह वो कोर्स है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी जिसने हजारों लाखों लोगों ने अटेंड को किया जा रहे हैं so about about तो अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है या फिर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में sure 15th 15th को इस प्रोग्राम का एंड होने वाला है तो अभी इसका फेयरवेल ऑफर चल रहा है है एंड एंड आपको ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने वाला सो कांटेक्ट बिफोर अगस्त अगर आप हमें ज्वाइन करते हो सोट आर all our numbers except when this given number right now